नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस क्रांतिकारी चैनल एष्टोविद आशीष पे जी हाँ हम बात कर रहे हैं वर्षफल 2020 की और आज सिंह राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर सिंह राशि के जातकों का 2020 कैसा रहेगा नव वर्ष आपके लिए क्या कुछ नया ले करके आया है क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा क्या जिनसे आप बिछड़े हैं या बिछड़ा साथी क्या आपको साल दो में मिलेगा नए साल में कब क्या करें एक नई शुरुआत नए साल में कब करें एक नई शुरुआत किस्मत कब देगी आपका साथ कब जो है बनेंगे आपके बिगड़े हालात और अक्सर नया साल जैसे जैसे दर्शकों दिखे नज़दीक आता है उससे हमारी उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं बीते रहे साल में जो काम अधूरे छूट जाते हैं उनके पूरे होने की उम्मीद या जो रिश्ते बिगड़ जाते हैं उनको हम लोग वेट करते हैं कि ये रिश्ते हमारे पटरी पर लौट करके आएँ और जो दिल बिछड़े हैं उनसे मिलने की उम्मीद भी कैरियर में एक नए मुकाम की उम्मीद भी हम लोग जो है सोचते हैं सफलता का कोई नया आयाम मिले और कुल मिला के हम लोग ये जानने के इच्छुक होते हैं भविष्य में झांकने के इच्छुक होते हैं कि आखिर ये पूरा वर्ष कैसा जाएगा आठ विषयों पर क्रमशः हमने इसमें जो है अलग अलग जो है ए, क्या कहते हैं टॉपिक तैयार किया ये आठ विषय कौन से रहेंगे आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में कैसी उन्नति रहेगी उनका एजुकेशन अर्थात शिक्षा कैसा रहेगा इसके साथ साथ पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उनके प्रेम संबंधों में क्या कुछ खास और नया रहने वाला है और वर्तफल दो को प्रभावी बनाने के लिए शुभ उपाय क्या हैं इस पर हम चर्चा करेंगे तो चलिए सिंह राशि के जातकों 2020 के मुताबिक यह साल सिंह राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा तो एवरेज रहेगा मिला जुला रहेगा इस साल सिंह राशि के जातकों को कुछ ऐसे सबक मिलेंगे जो जीवन पर्यंत उनके काम आएंगे ये साल आपके लिए कुछ नए और कुछ अच्छे अवसर ले करके आपके जीवन में आएगा जिन्हें आप आसानी से अपनी ओर मोड़ने में सक्षम होंगे सिंह राशि के जातकों के सितारे इस साल आपके पक्ष में ज्यादा रहेंगे आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी राहु इस वर्ष की शुरुआत में आपके ग्यारहवें भाव में स्थिति रहेंगे जो कि सितंबर के मध्य में आपके दसम भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपके छठे भाव वहीं साल के अंतिम महीनों में देवगुरु बृहस्पति पुनः आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो राशिफल दो हजार बीस के अनुसार छोटी दूरी की लाभपूर्ण यात्राएं बिजनेस के सिलसिले में पूर्ण करेंगे वर्त के आरंभ में ही दर्शकों यदि हम बात करें तो आप लोग कहीं तीर्थ स्थान पर भी जाकर के यात्राएं कर सकते हैं वहीं कुछ यात्राएं समाज सेवा को लेकर के भी आपको करनी पड़ सकती आपके एन वगैरह चलते होंगे उसको लेकर के भी करनी रहेगी बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव के चलते अप्रैल से जुलाई के बीच और नवंबर के मध्य के बाद आप विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं यात्राओं के लिए यह वक्त अच्छा रहने वाला है वो काम जिनको लेकर के आप लंबे अरसे से परेशान थे या वो काम जिनको लेकर के आप बहुत ज्यादा तनाव में थे इस वर्ष सुलझते हुए नजर आएंगे आपकी मनोकामनाएं आए, पूर्ण होंगी इस साल आप कलात्मक कामों में भी हाथ आगमा सकते हैं इस साल यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं तो जनवरी से मार्च और मई के मध्य में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और सिंह राशि जातकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा आप लोग अपना खुद का मकान ले सकते हैं इस वर्ष आप अपने क्षेत्र में स्थापित होने की उम्मीद कर सकते हैं जी हाँ कोई नया बिजनेस वगैरह भी प्रारंभ कर सकते हैं तो 2020 अच्छे अवसर को लपकने के लिए आप लोग तैयार रहिए चलिए आपके कार्य क्षेत्र पर बात करते हैं तो साल 2020 हजार सिंह राशि के जातकों के करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है इस साल आपका ध्यान केंद्रित रहेगा जिससे आपका प्रदर्शन हर क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कोशिश करेंगे तो पारिवारिक और पेशेवर जीवन के बीच आप सामंजस्य बिठा पाएंगे जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी रहेगा इस साल की शुरुआत में ही आते आते शनि आपके छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष प्रयत्न इसी भाव में रहेंगे इस गोचर के चलते नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है आपके उच्च पदस्थ अधिकारी कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं और आपके कार्यों सराहना भी मिल सकती है आपके कार्यों की सराहना भी हो सकती है कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ साथ सिंह राशि के कुछ जातकों के ट्रांसफर होने की भी संभावना है जो कि आपके मन माफिक होगा और इससे आपको प्रसन्नता रहेगी राशिफल 2020 के अनुसार सिंह राशि वालों को मई से सितंबर के बीच कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं लेकिन उसके बाद स्थितियां आपके अनुकूल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जो है जो लोग हैं बेरोजगार युवा हैं उनको इस साल नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना है। इस साल आपका पर जो है जितनी भी मुश्किल आएगी उसको परखा ले पर भी जाएगा। और इस साल अपने सीनियर कर्मचारियों के साथ बात विवाद बहस करने से आपको बचना रहेगा अन्यथा आपका कोई नुकसान भी हो सकता है वही जुलाई से दिसंबर तक का जो समय रहेगा आपके लिए बेहतरीन रहेगा सिंह राशि के जातकों करियर की यदि हम बात आपके जो है बात करें तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है फलदाई रहने वाला है जैसे हमने आपके कार्यक्षेत्र की बात बताई तो करियर के लिए आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है नया काम जो है कोई आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं आपके लिए फायदेमंद रहेगा बशर्ते काम शुरू करने से पहले आप संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों की सलाह ले लें आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों से अनुभव जरूर ले लें इस साल आप केवल धन ही नहीं कमाएंगे बल्कि कार्यक्षेत्र में भी सफलता हासिल करेंगे कैरियर के लिहाज से ये साल सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो आर्थिक राशिफल 2020 के अनुसार कई उतार चढ़ाव के बावजूद भी ये साल सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है इस साल आप प्रचुर मात्रा में और अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करेंगे आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपका खर्चा भी खूब होगा इसलिए आर्थिक मामलों में सोच समझकर चलिए कई बार आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि बेवजह आपका धन खत्म हो रहा है अगर आप धन को बेवजह खर्च होने से बचाना चाहते हैं अच्छी बजट योजना आप लोग बनाइए कोशिश कीजिए पार्टनर का भी इसमें आप लोग साथ लीजिए जीवनसाथी का साथ जरूरी है वर्ष की शुरुआत से मार्च तक और फिर जुलाई से नवंबर के बीच आपके पास धन अच्छा खासा रहेगा अच्छे अच्छे स्रोत धन के बनेंगे आपको कोई इस दौरान पैतृक संपत्ति भी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है सितंबर तक राहु की ग्यारहवें भाव में स्थिति आपको धन अर्जन करने के कई मौके देगी देखिए दर्शकों एकादश स्थान का जो राहु होता है ये छप्पर फाड़ के पैसा देता है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में यदि आप हैं तो बहुत ज्यादा पैसा आप कमाएंगे बस मौके आपको पहचानने हैं साल 2020 में आर्थिक मामलों को लेकर सिंह राशि के जातकों को ज्यादा चिंतित रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये साल उनको जो है धन कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा और इतना धन मिलेगा कि आप लोग जितना जो है कल्पना किए होंगे उससे ज्यादा मिलेगा चलिए अब पारिवारिक जीवन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन तो राशिफल 2020 की भविष्यवाणी के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा पारिवारिक जीवन के मामलों में चुनौती भरा रहने वाला है हालांकि साल की शुरुआत अच्छे रहने की संभावना है घर में किसी नए सदस्य की एंट्री हो सकती है और इस साल आपको अपने भाई बहनों का हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा समाज में आपको और जो है आपके परिवार का रुतबा बहुत ज़्यादा कायम रहने वाला है इस साल अपने परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए भी आपको जो है कार्य करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं नहीं तो परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती है बड़े बुजुर्गों से जो है आप लोगों को मर्यादित शब्दों में बात करना रहेगा और इस साल का जो है कार्यक्षेत्र में व्यस्तता के कारण आप अपने परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे यदि आप परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं तो इस साल आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी अपने कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन के बीच करने की आवश्यकता है साल के बीच में पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं घर के कोई बुजुर्ग सदस्य जो है बीमार हो सकते हैं खास करके कमर के निचले हिस्से में उनको दिक्कत आ सकती है अप्रैल से जुलाई के बीच की यदि हम बात करें बृहस्पति और शनि की छठे घर में स्थिति आपको कुछ प्रबल बनाएगी और आपके जो शत्रु रहेंगे जो है आप पर हावी रहेंगे तो इस कारण ये रहेगा दर्शकों कि आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे लेकिन वहीं पर आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और इस स्थिति से भी आप पार पा सकते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध कैसे रहेंगे तो 2020 के मुताबिक ये साल आपके लिए कई परिवर्तन लेकर के आया है सिंह राशि के कुछ जातकों को इस साल उनका जीवन साथी मिल सकता है वही रिश्ता टूटने से दुखी जो कुछ लोग हैं इस साल कोई नया प्रेम संबंध स्थापित कर सकते हैं विवाह के बंधन में बंध सकते हैं एक से ज़्यादा प्रेम संबंध भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं इसके कारण आप अपने जो है बसे बसाए घर में अशांति ला सकते हैं कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो ये साल प्रेम संबंधों को लेकर के मिलाजुला ही रहने वाला है इस साल आप अपने प्रेमी जीवन को संतुष्ट जो है नहीं कर सकते हैं अगर आप प्रेम जीवन में खुद को ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ नाकामी लगेगी जीरो बटा सन्नाटा लगेगा इसलिए प्रेम संबंधों को लेकर के उतावलापन पर न दिखाएँ तो ठीक रहेगा वर्ष के अंत में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप अपने प्रेमी के साथ कुछ रोमांटिक पल डेटिंग वगैरह पर जा सकते हैं हंसी मजाक कर सकते हैं लेकिन तमाम गंभीर इस वर्ष प्यार के जो है मौकों में आने वाले हैं वही जनवरी से लेकर के और मार्च और जुलाई से नवंबर तक का जो समय रहेगा प्रेम संबंध के लिए आपके अनुकूल रहेगा इस दौरान कुछ प्रेमी जोड़े शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं और जो लोग अविवाहित हैं उनको कोई उनका पार्टनर मिल जाएगा एजुकेशन की बात करते हैं क्योंकि शिक्षा ही देखिए सबसे बड़ी आज की नीड है जरूरत है यदि आप शिक्षित नहीं है तो समझिए कि आपका जीवन पशु के समान है तो एजुकेशन पर चले दर्शकों एक बात बताना चाहते हैं ये थोड़ा सा टॉपिक से हट करके है और देखिए पूजा पाठ के नाम पर जो भी ज्योतिषी आपसे पैसे ऐटते हैं तमाम मौके आते हैं चाहे नागपंचमी हो चाहे गुरुपुष योग हो चाहे होली हो चाहे दिवाली हो तमाम लोग कहते हैं कि हम आपकी पूजा करा देंगे आपके ग्रह शांत कर देंगे ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना आपका पैसा बहुत कीमती है इन सब चीज़ों को अपने पैसे को आपको स्टोर करना है आप अपने हाथ से पूजा पाठ कराइए अपने घर पर बुला करके कराइए आप यहाँ बैठे हैं ज्योतिषी हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं पूजा हो भी रही है कि नहीं हो रही है तो ये सब चीज़ें मायने रखती है और पूजा में आपका रहना वहाँ पर उपस्थित होना बहुत जरूरी है वहाँ पर संकल्प होता है पौष्टोपचार पूजा होती, कई देखे होती है कई देखिए चीज़ें होती हैं तो ऐसे लोगों से आप लोग जरूर बच के रहिए अन्यथा बड़ी दिक्कत का आप लोग सामना जो है करेंगे आपका धन भी जाएगा और लाभ भी कुछ नहीं होगा वहीं दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहते हैं तमाम जो है कुछ ज्योतिषी हैं जो हालात को देख करके भविष्यवाणी करते हैं हम उनका नाम तो नहीं लेंगे लेकिन आप लोग बखूबी जानते होंगे कि जैसे आर्टिकल तीन या पैंतीस ए हटना था अब भाई सेना जो है वहाँ पर लग गई तो सारे देशवासी जानते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये होने वाला है तो ये तो मीडिया का काम हो गया ना जो सी कहा हुए देखिए जो भविष्यवाणी होती है वो छः महीने एक साल पहले तीन महीने ये भविष्यवाणी होती है हालात देखकर तो कोई बच्चा भी कुछ भी बता सकता है ज्योतिष बन सकता है अगर वो गलत हो जाएगा तो क्षमा मांग लेगा अगर वो सही होगा तो अपने आप को जो है तीस मार खा बनेगा तो ऐसे लोगों से भी देखिए आपको बच के रहना है उन लोगों के जाल में आपको बिल्कुल भी नहीं जो है फंसना है तो चलिए खैर हमको क्या हमारा काम था आपको समझाना हमने आपको समझा दिया एजुकेशन की बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की कि उनकी शिक्षा कैसी रहेगी तो वर्षफल 2020 के अनुसार ये साल जो सिंह राशि के जातक के स्टूडेंट्स वर्ग हैं विद्यार्थी हैं उनके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है प्रतियोगिता यदि आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो सिंह राशि के लोगों को इस साल सफलता मिलने की 100% संभावना है साल की शुरुआत से मार्च के अंत तक आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे वहीं मार्च से जून के अंत तक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं वो जो है वे लोग जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं इस दौरान आप लोग जा सकते हैं जुलाई से नवंबर के अंत तक शिक्षा के लिए पुनः अच्छा समय आपके लिए आएगा इस दौरान आप नई उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं राशिफल 2020 के अनुसार सिंह राशि के वे लोग जो विधि या कानून लॉ सेक्टर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हार्डवेयर हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गया सोशल सर्विस हो गई कंपनी हो गई सेक्रेटरी हो गई आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के माध्यम से या एमबीए वगैरह इन क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें इस वर्ष सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है ये साल शिक्षा के लिहाज से सिंह के जातकों के लिए स्वर्णिम वर्ष रहेगा हेल्थ पर आते हैं कहते हैं ना हेल्थ इज बेल्थ तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए तो 2020 के जो है वार्षिक राशिफल के अनुसार सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है वर्ष के आरंभ में अच्छी जीवन शैली का आप लोग निर्वाह करेंगे अच्छा भोजन यदि आप लेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज वग़ैरह भी यदि आप करते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे हालाँकि अप्रैल से लेकर के जुलाई के मध्य तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस समय अष्टम भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे जो कि रोगों का भाव है ऋण का भाव है शत्रु का भाव है तो इस दौरान आपको ऐसा कोई रोग लग सकता है जो लंबे समय तक रहे अचानक से आपका वजन जो है बढ़ सकता है तो कोशिश कीजिएगा वसायुक्त तो खाना खाने से बचे नहीं तो मोटापे और डायबिटीज की समस्या आपको हो सकती है और जंक फूड से आपको बचना रहेगा नवम्बर मध्य तक आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के आसार हैं कोई पुराने बीमारी भी, भी दूर होने की संभावना है। नवंबर के बाद से वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और काफी कुछ चीजें जो है आप वेट लॉस वगैरह करने में भी सक्षम होंगे तो हमने आपको बताया दर्शकों कि जो है आ, क्या कहते हैं मानसिक रूप से जो है शारीरिक रूप से दोनों स्तर पर खुद को आप लोग पक्का रखिएगा क्योंकि ये साल आपके स्वास्थ्य की कुछ कड़ी परीक्षाएँ आएंगी जो है इनको आपको देना होगा अत्यधिक तनाव से इस साल बचने की कोशिश कीजिएगा इस साल आपके ऊपर काम का बोझ देखिए ज़्यादा रहेगा तो बीच में कुछ स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा ये आपके लिए जाने वाला है दर्शकों अंत में जो हम उपाय बताएँगे प्रयोग बताएंगे ये आप लोग जरूर करिएगा अंतिम जो है मुद्दे पर हम चलते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें इस साल तो वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप लोग पार्टनर के साथ तीर्थयात्राओं पर या आप लोग जो है क्या कहते हैं कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं खास करके जो है मई और जून माह में इस साल जीवन साथी को एक नई जगह आप ले जाएंगे जिससे उनका मन काफ़ी प्रसन्न होगा वैवाहिक जीवन में जो है जीवन साथी के माध्यम से जो परेशानी आपके कार्यक्षेत्र में आ रही थी वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे जो है यहाँ पर दे रही है तो कुल मिला करके वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा हमने सभी विषयों पर लगभग चर्चा कर ली आर्थिक पक्ष के बारे में भी हमने आपको बताया था कि आर्थिक स्थिति से काफी कुछ जो है है अच्छा रहने वाला साल आपने कुछ लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा शेयर मार्केट वगैरह में भी आप अच्छा गेन कर सकते हैं वही कोई नया वाहन वगैरह भी क्रय करने का योग बन रहा है तो दर्शकों उपाय पर चलें लेकिन आप लोगों से एक अपील है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर का ऑप्शन ज़रूर दबाइए और यदि आप लोग भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं या हम आपके शहर में आते हैं आप लोग अपने शहरों पर जो है अपने शहर में मिल करके हमसे अपनी कुंडली का चलिए दर्शकों अब हम उपाय पे आते हैं कि क्या करना रहेगा तो, तो पूरे साल आपको जो उपाय करना होगा सबसे पहले तो प्रातः काल जल्दी उठिए और नग्न आंखों से उगते हुए सूर्य के रक्तिम जो है वर्ण को देखिए जी हाँ उषा काल के समय आप लोग उठ जाइए और पहुंच जाइए जो है अपने छत पर नंगी आंखों से सूर्य के दर्शन करिए इसके बाद आप लोग आइए नहा धोकर के तांबे के पात्र में लाल रंग के फूल लाल कुमकुम को मिला करके प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए और कोशिश कीजिएगा जब खड़े होइएगा तो कोई आसन बिछा लीजिएगा आपका संपर्क धरती से ना हो और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार आप लोग पाठ जरूर करिए एक माणिक आप लोग कुंडली जो है देख लीजिएगा या किसी जो है योग्य ज्योतिषी से दिखवा लीजिएगा यदि हो तो एक माड़िक दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आप लोग जरूर धारण करिएगा रिंग फिंगर भी इसको कहते हैं और गोल्ड में या कॉपर में बनवा करके आप लोग धारण कर सकते हैं तीसरा एक प्रयोग बताने जा रहे हैं कि संडे वाले दिन रविवार वाले दिन आपको गुड़ और चना ये गाय को जरूर खिलाना होगा इसके साथ साथ अपने पिता के चरण स्पर्श आपको प्रतिदिन करने होंगे और माता के भी चरण स्पर्श प्रतिदिन करने होंगे एक प्रयोग और बताने जा रहे हैं जो भी कुछ बाधाएं आने वाली हो उससे जो है मुक्ति के लिए कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ आप लोग जरूर करिएगा और उसमें जो आपको जो है क्या कहते हैं चौपाई लगानी है बीच में तो कौन सी चौपाई आप प्रयोग करेंगे जो दोहा के पहले या दोहा के बाद में लगती है विश्व भरड़ पोषण कर जोई ताकर नाम भरत होई ये आप लोग जो है क्या कहते हैं बीच में चौपाई का प्रयोग करके सुंदरकांड आप लोग पूरा करिए एक अंतिम प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लैक कलर को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए इस वर्ष अपने जीवन में आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन कितनी ज्यादा बुलंदियों पर जा रहा है कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ खा करके तब निकलिएगा प्रातःकाल जब जल्दी उठिए तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए क्राग्रे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम कर दर्शन कर मतलब होता है हथेली ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इस हथेली में हैं तो इन हथेलियों के आप प्रातः प्रातःकाल जल्दी उठकर के दर्शन करिए आपको लाभ होगा हमारा ये वार्षिक राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा दर्शकों जाते जाते प्लीज़ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए और अपनी कुंडली का विश्लेषण रत्न परामर्श वगैरह आप लोग चाहते हैं तो हमसे आप लोग कर सकते हैं और भी आपके जीवन के तमाम नए आयाम के बारे में हम बताएंगे आप लोग हमारी भागीरथ श्रृंखला को जा करके देख सकते हैं अन्य राशिफल भी है इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार